हेलो फ्रेंड्स आज हम लेकर आए हैं सी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक नया टॉपिक जो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है यह है बाइनरी टॉपिक बाइनरी नंबर से डेसिमल में चेंज करना और डेसिमल टू बाइनरी ये क्वेश्चन सी में भी नए तरीके से पूछे जा रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है बाइनरी क्या है बाइनरी मतलब बाय मतलब दो यानी कि जिसमें जीरो और वन ये कंप्यूटर के लैंग्वेज के नंबर हैं जिसमें दो ही नंबर यूज़ होते हैं इसलिए इन नंबर के बेस में हम दो लगाते हैं और डेसिमल नंबर यानी कि जो जीरो से लेकर नाइन तक के नंबर हैं उनके बेस में टेन लगाते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम थर्टी सेवन थर्टी सेवन के बेस में लगा है टेन यानी कि ये एक डेसिमल नंबर है इसे हमें चेंज करना है बाइनरी में इसको करने का पहला तरीका है आप सबसे पहले लिखेंगे वन उसका डबल टू उसका डबल फोर फोर का डबल एट एट का डबल सिक्सटीन सिक्सटीन का डबल थर्टी इस तरीके से आगे लिखते जाएंगे जितना हमें ज़रूरत है इसके बाद हम इनके थर्टी सेवन को लाने के लिए कुछ नंबर को ऐड करेंगे हमें देखना होगा कि किस में थर्टी बन सकता है जैसे हमने सिक्सटीन और एट को प्लस किया देन फोर को किया तो नहीं बनेगा इसी हमें थर्टी टू थर्टी टू प्लस फोर तो हो जाएगा थर्टी सिक्स प्लस एट थर्टी सेवन यानी कि हमें जहाँ जहाँ जो नंबर लिए हैं उसके नीचे हम लगा देंगे वन और जिसके ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है उसके नीचे हम लगाएंगे ज़ीरो यानी कि हमारा ये नंबर बाइनरी नंबर में चेंज हो चुका है तो ये आंसर आपके सामने है एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें 91 को जिसका बेस 10 है इसे हमें पता चल गया डेसिमल नंबर है इसको चेंज करेंगे बाइनरी में सबसे पहले हम लिखेंगे वन उसका डबल टू दैन फिर एट दैन सिक्सटीन फिर थर्टी टू और उसका डबल वन इसमें हम 91 बनाने की कोशिश करेंगे जैसे हम सबसे पहले 32 को जोड़ें और 8 को जोड़ें उसके बाद 4 को और 2 को भी जोड़ लें तो भी 91 नहीं बनेगा तो अगर सबसे पहले हम 64 जोड़ें उसके बाद 16 को ऐड करें देन हम 8 को ऐड करें उसके बाद 2 को और 1 को तो 91 पूरा हो जाएगा तो जो जो नंबर हमने लिए हैं उसके नीचे हम लगाएँगे वन और जो हमने यूज़ नहीं किया है उसके नीचे हम लगाएँगे ज़ीरो तो यहाँ हमारा वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन वन ये नाइन्टी वन का बाइनरी नंबर चेंज हो चुका है इसको निकालने का दूसरा तरीका है हम इसको सबसे पहले तोड़ेंगे जैसे नाइन्टी वन को हमने दो से भाग किया तो आएगा फोर्टी फाइव उसके बाद हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो हमने साइड में लिख दिया वन देन हम दो से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा ट्वेंटी रिमाइंडर बचेगा वन नेक्स्ट फिर बाईस को करेंगे तो आएगा इलेवन और एलेवन के बाद रिमाइंडर बचेगा ज़ीरो ऐसे हम करते जाएंगे लास्ट में बचेगा ज़ीरो तो जो हमारे रिमाइंडर है उसको हम नीचे से लेके ऊपर डाउन टू तो टॉप की तरफ जो हम लिखेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा तो ये होगा वन ज़ीरो वन वन जीरो वन तो दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं आप जिस भी तरीके से करना चाहिए इसको कर सकते हैं ये तो हमने सीखे डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना अब अगर क्वेश्चन बाइनरी टू डेसिमल में चेंज करने के लिए आए तो सबसे पहले हम बाइनरी नंबर को लिख लेंगे उसके नीचे वन से स्टार्ट करके उसका डबल करते जाएंगे जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इसमें हम ज़ीरो वाले नंबर को नहीं लेंगे जैसे कि इसमें आया है थर्टी इसके ऊपर वन है तो ये ले लेंगे इसके बाद एट है एट के ऊपर वन है ये ले लेंगे टू के ऊपर वन है और वन के ऊपर वन है इन सबको प्लस कर देंगे तो थर्टी टू प्लस एट प्लस टू प्लस वन तो ये हो जाएगा फोर्टी थ्री तो ये हमारा डेसिमल नंबर चेंज हो चुका है और ये डेसिमल नंबर है इसीलिए हम इसके बेस में लगाएंगे टेन तो यह हमने बाइनरी टू डेसिमल में चेंज करना सीख लिया है एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके बाद आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है नेक्स्ट हमारा बाइनरी नंबर है वन और इसके नीचे टू लगा हुआ है इसका मतलब ये बाइनरी नंबर है इसको हमने टेबल फॉर्म में लिख लिया है अगर आपके पास इतना टाइम भी नहीं है तो आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं लेकिन समझाने के लिए ऐसा लिखा गया है इसके नीचे हम वन से स्टार्ट करके उसका डबल करते जाएंगे और जितने हमारे नंबर है, वहां तक हम डबल लिख लेंगे इसमें जिसके ऊपर ज़ीरो है उसको काउंट नहीं करेंगे जहाँ जहाँ वन है उन नंबर को ले लेंगे जैसे सबसे पहले वन है इसको ले लेंगे फिर थर्टी देन एट प्लस फोर एंड प्लस वन तो यहाँ हमने सारे नंबर्स को काउंट कर लिया है जिन जिन नंबर के ऊपर वन था उन सभी नंबर को हमें काउंट करना है यहाँ टोटल हो जाएगा 173 और इसके बेस में लगाना है 10 यानी कि 10 तो ये हमारा डेसिमल नंबर चेंज हो चुका है बाइनरी नंबर से हमने डेसिमल में चेंज कर लिया है ये चेक करने के लिए कि ये ठीक है कि नहीं आप दोबारा डेसीमल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं अब एक क्वेश्चन है आपको इसको बाइनरी से डेसीमल में चेंज करके कमेंट करना है हमें तो ज़रूर हमें बताइएगा ताकि हमें पता चले कि आप अच्छे से इसको सीख पाए हैं कि नहीं धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में